नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हितेश शर्मा और मैं आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ तो मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और मैं आज घूमने के लिए मंदिर में आया हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू और मैं मंडी जिले का हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और ये पीछे सड़क है देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये माता भद्रकाली का मंदिर है ये जो आप सामने देख रहे हैं और यहां का व्यू बहुत ही अच्छा आता है आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे पीछे बहुत ही सुंदर नज़ारा है आपको यहाँ पे मंदिर के दर्शन करवाते हैं ये पीछे मंदिर का सराय बन रहा है और ये है मंदिर यहाँ पे अभी बंद है यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ मंदिर है आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक यू